भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय भारत आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा था धन का प्रवाह गरीब के कंठ तक पहुंच रहा था लोगों के क्रय शक्ति में इजाफा हुआ था अनपढ़ लोगों को रोज़गार मिल रहा था इनके बैंक खाते खोले थे और इनमें पैसा भी जमा हुआ था नमस्कार आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इसी मुद्दा पर वर्ष 2014 से पहले की बात है भारत में यूपीए गठबंधन की सरकार थी कांग्रेस कांग्रेस की कांग्रेस के प्रखर नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे इन्होंने एक रोज़गार देने की गारंटी कानून लाए थे रोज़गार गारंटी कानून जिसमें सौ दिनों का रोज़गार लोगों को देने की सरकार ने गारंटी दी थी इसके लिए शिक्षा या योग्यता या किसी प्रकार पैरवी की पाबंदी नहीं थी ज़रूरत नहीं थी मनमोहन सिंह सरकार के इस फैसला के बाद भारत में रोजगार पाने की क्रांति हो गई लोग एक फावड़ा से साल के 25,000 रुपया तक कमाना शुरू कर दिए थे वो भी मात्र तीन महीना 10 दिन मात्र 100 दिनों में यूपीए गठबंधन के इस फैसला के बाद वैसे लोग बैंक के अंदर जाना और मैनेजर से बात करना शुरू कर दिए थे जिन्हें बैंक के दहलीज पर जाने से डर लगता था वाकई कांग्रेस के और इसके गठबंधन के सरकार के यह काम इस फैसला ने भारत में आर्थिक और सामाजिक दोनों में एक क्रांति हिला दिया था भारत बहुत बड़ा आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन बदलाव की ओर कदम बढ़ा दिया था लेकिन जैसे ही यूपीए गठबंधन कांग्रेस के गठबंधन की सरकार चली जाती है वैसे ही भारत में ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है और भारत फिर से अंग्रेजी ज़मींदारी प्रथा वाले भारत की ओर अपना कदम बढ़ा देता है यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद बोल जी हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की तेजी से बढ़ने का कारण मनरेगा और किसान कर्जा माफी थी। जब यूपीए की सरकार ने मनरेगा लागू किया सीधा 35,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट पे गए यूपीए सरकार ने सत्तर हजार करोड़ रुपए किसान का कर्जा माफ किया तो वो सत्तर हजार करोड़ रुपए सीधा हिंदुस्तान के किसान के बैंक अकाउंट के अंदर गया